ये वीडियो बनाने से किस्मत नहीं बदलने वाली लगता है मुझे भी काचा बदाम बेचना पड़ेगा ता, ता, जो तीज़ी तीज़ी। सारी हो जाए? हाँ भैया। कि तुम्हें जितना लगता है उतने नहीं हो खास तुम वाह वाह तुम्हें जितना लगता है उतने नहीं हो खास तुम और जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ उसके बाद आजाना मेरे पास तुम कौन है भाई मेरा दिल तो धक धक धड़कता है तेरा कैसे धड़कता है भुँ भुँ भी, भी बस एक सवाल का जवाब दे की क्या तू भूल गये वो रात जब कब्रे में सिर्फ हम थे मैंने तुझे कस के पकड़ा था तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था के, की